वेलकम टू आईटीआई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं डिजी सेक्ट पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से लैपटॉप स्कीम के तहत टैबलेट या स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है अब हम पूरी वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हमें डिजी सेक्ट मैप पर लिंक पर जाना है पोर्टल ओपन करने के बाद में ये आपके सामने दिख रहा है डिजी शक्ति पर मोबाइल एप्स। इसके बाद में हमें नेक्स्ट ऑप्शंस पर आना है डाउनलोडिंग मोबाइल मैप इसके बाद में हमें मोबाइल मैप डाउनलोडिंग करना है नेक्स्ट गूगल प्ले स्टोर से डिजी शक्ति मैपर को डाउनलोड करना है इसके बाद में आगे की प्रक्रिया मैपिंग के बाद की प्रक्रिया क्या है फिर हमें डिजी शक्ति पोर्टल पर आना है इसके बाद में इस रिसीविंग ऑफ डिवाइस टू स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है डाउनलोड स्टूडेंट रिसिप्ट स्टूडेंट्स की रिसिप्ट डाउनलोड करना है ये देखिए इस तरीके से आपके सामने दिख रहा है नेक्स्ट पोर्टल पर पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले छात्रों की रिसीविंग स्लिप जनरेट करनी है प्रिंट करनी है अपलोड डिवाइस रिसीविंग स्टेटस आपके सामने शो करेगा अपलोड प्रोग्राम फोटो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो प्रोग्राम होगा उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है नेक्स्ट प्रोसीजर्स अपलोड प्रोग्राम का वीडियो जो भी प्रोग्राम होगा जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका भी वीडियो बना के अपलोड करना है नेक्स्ट प्रोसीजर्स जनपद स्तर पर दिनांक 25 बारह 2021 के कार्यक्रम की डिवाइस रिसीविंग रिपोर्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी है रिसीविंग रिपोर्ट आपके सामने दिख रही है विभागवार उपकरणों का विवरण जो आपको दिख रहा है स्मार्टफोन किन कैंडिडेट्स को मिलना है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स माइक्रोस्मॉल मीडियम इंटरशिप डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो कैंडिडेट्स आते हैं उन्हें स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब आई टी आई मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद द डिसएबिलिटी डिपार्टमेंट एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड टीचर इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कैंडिडेट्स को टेबलेट फ़ोन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है अब हम आगे देखेंगे जनपद स्तर से टेबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाने वाले के दिशा निर्देश अब देखते हैं हम किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे डिवाइस वितरण कार्यक्रम को निर्धारित के लिए जिला प्रशासन डिजी शक्ति पोर्टल से अपने जनपद के संस्थानों का चयन कर उनको निर्देशित करेंगे वितरण कार्यक्रम को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित कराने के लिए जिला प्रशासन को संसाधनों के साथ समन्वय स्थापित करना है नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही संबंधित संस्थान अपने छात्रों को वितरण कार्यक्रम के बारे में सूचित करेगा जिससे छात्र डिवाइस प्राप्त करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम पर उपस्थित हो सकें संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतियाँ जो कि आपके संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे होंगे उन्हें क्या करना है जिला प्रशासन द्वारा छात्रों को अंतिम चयन के पश्चात संस्थान को अपने संबंधित जिला प्रशासन से कंसाइनमेंट मतलब मीटिंग करनी है टैबलेट व स्मार्टफोन डिवाइस प्राप्त करना होगा जिसके बाद संस्थानों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे। अब देखेंगे हम क्या प्रोसेस है कंसाइनमेंट प्राप्त कर उसकी रसीद अपलोड करें चयनित छात्रों की स्लिप जनरेट करें तथा संबंधित डिवाइस पर चिपकाएँ डीजी शक्ति मैपर मोबाइल के माध्यम से छात्रों की स्लिप के साथ डिवाइस को मैप करें डिवाइस वितरित कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करें वितरित कार्यक्रम आयोजित होने के पश्चात छात्रों को प्राप्त डिवाइस की स्थिति अद्यत करें तथा छात्रों को वितरित की गई डिवाइस की प्राप्ति के प्रति तथा कार्यक्रम तथा कार्यक्रम की तस्वीरें वह वीडियो अपलोड करें नेक्स्ट है संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतियाँ कंसाइनमेंट प्राप्त कर उसकी रसीद अपलोड करें जिला प्रशासन द्वारा संस्थान को भेजी गई डिवाइस की प्राप्त चिन्हित करने के लिए संस्थान को डिजी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपलोड रिसीप्ट डिवाइस रिसीविंग पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात संस्थानों को उल्लेखित प्रत्येक कंसाइनमेंट आईडी के सापेक्ष प्राप्त डिवाइसों की कुल संख्या एवं रसीद अपलोड करनी है नेक्स्ट संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतियाँ गतिविधियां, चयनित छात्रों की क्यूआर कोड स्लिप जनरेट करें तथा संबंधित डिवाइस पर चिपकाएं। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों के साथ डिवाइस को मैप करने के लिए संस्थानों को छात्रों की स्लिप जनरेट करनी होगी जिसे जिला प्रशासन द्वारा अंतिम रूप से चयनित किया गया है स्लिप जनरेट करने के लिए संस्थान पोर्टल पर लॉगिन करें तथा जनरेशन ऑफ स्टूडेंट स्लिप पर क्लिक करें इसके बाद पाठ्यक्रम एवं वर्ष का चयन करें जिसके लिए स्लिप जनरेट की जानी है पर्ची जनरेट होने तथा पी प्रारूप में डाउनलोड होने के पश्चात संस्थानों को उस स्लिप को गम सीट पर प्रिंट करना होता है संस्थान अपनी सुविधा स्थानीय स्टेशनरी की दुकानें या किसी अन्य स्टोर से गम सीट खरीद सकते हैं एक सीट में 16 छात्रों की की जा सकती हैं। संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतियां चयनित छात्रों का क्यू कोड स्लिप जनरेट करें तथा संबंधित डिवाइस पर चिपकाएं। प्रत्येक स्लिप में छात्र का निम्नलिखित डेटा सम्मिलित होगा छात्र का इनरोलमेंट नंबर छात्र का नाम संस्थान का नाम पाठ्यक्रम डिवाइस का प्रकार यूनिवर्सिटी क्यू कोड जिसमें छात्र की पोर्टल के लिए यूनिक आईडी होगी स्लिप को प्रिंट करने के बाद संस्थानों को प्रत्येक छात्र की स्लिप को काटना होगा तथा स्लिप से संबंधित डिवाइस पर चिपकाना होगा जिसे छात्र को वितरित किया जाना है ये स्लिप की आपको रिसिप्ट दिख रही है इस तरीके से UPSC Institute Code, Code। Course, Year, Name, Enrollment Number, QR code. अब हम आगे देखेंगे। संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतियाँ डिजी शक्ति पर मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों की स्लिप के साथ डिवाइस को मैप करना है गम सीट को डिवाइस पर चिपकाने के पश्चात संस्थान छात्रों की स्लिप के साथ डिवाइस पर उपलब्ध आई नंबर मैप करेगा डिजी शक्ति मैप पर मोबाइल ऐप की मदद से इसे मैपिंग को किया जाएगा संस्थान की लॉगिन व गूगल प्ले स्टोर पर डिजी शक्ति मैप पर मोबाइल ऐप डाउनलोड हेतु तो उपलब्ध रहेगी डिजी यूजर आई डी व पासवर्ड को दर्ज करके मोबाइल ऐप में लॉगिन करें जिसे आप डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर लॉग करने हेतु तो उपयोग कर रहे हैं लॉगिन के पश्चात सबसे पहले डिवाइस के बॉक्स पर उपलब्ध आई नंबर के बारकोड को स्कैन करके डिवाइस का आई एम नंबर कैप्चर करें तदोपरांत संबंधित छात्र की स्लिप पर उपलब्ध क्यूआर को स्कैन करके छात्र को विवरण कैप्चर करें दोनों कोड स्कैन होने के बाद स्कैन किया गया विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा नेक्स्ट संस्थानों द्वारा निष्पादित संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियां डिजी शक्ति मैप पर मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों की स्लिप के साथ डिवाइस को मैप करें संस्थान को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बटन पर क्लिक करके मैपिंग के लिए पुष्टि देनी होगी और अन्य डिवाइस को मैप करने के लिए आगे बढ़ना होगा यू जिला प्रशासन एवं संस्थान अपने पोर्टल लॉगिन के माध्यम से मैप किए गए विवरण देख सकते हैं डिजी शक्ट मै पर मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है सैम्पल पर नेक्स्ट डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके का आपका पूरा प्रोसेस आपको करना है क्यू आर नंबर दोनों स्कैन करके अपलोड करना है बारी बारी से संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियाँ डिवाइस वितरण कार्यक्रम को निर्धारित किए करने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करना है संस्थान द्वारा डिवाइस मैपिंग पूर्ण करने के पश्चात जिला प्रशासन अपने जिले में डिवाइस के वितरण के लिए संस्थान व कार्यक्रम निर्धारित करेगा जिला प्रशासन वितरण कार्यक्रम की तिथि स्थान व समय उल्लेखित करेगा वितरण कार्यक्रम को कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित कराने के लिए संस्थानों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना होगा साथ ही संबंधित संस्थान अपने छात्रों को वितरण कार्यक्रम के बारे में सूचित करेगा जिससे छात्र डिवाइस प्राप्त करने हेतु निर्धारित कार्यक्रम पर उपस्थित हो सके संस्थानों द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिया वितरण कार्यक्रम आयोजन होने के पश्चात छात्रों को प्राप्त डिवाइस की स्थिति करें तथा छात्रों को वितरित की की की गई डिवाइस प्राप्त प्रति तथा कार्यक्रम तस्वीरें व वीडियो अपलोड करनी है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट इंट्रेक्शन क्या है ये डिजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से 1000 हजार टेबलेट व 1000 स्मार्टफोन के वितरण संबंधी दिशा निर्देश जिला प्रशासन लॉगिन। इन स्टेप फर्स्ट मतलब चरण फर्स्ट क्या चीज है डिवाइस वितरण हेतु छात्रों का चयन करें ट्रांजेक्शन मेनू पर क्लिक करें तदोपरा सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट सब मेनू पर क्लिक करें तत्पश्चात प्रदर्शित हो रहे प्रश्न पर संबंधित सप्लायर व कंसाइनमेंट रेडलाइंस आई डी का चयन करें वह सर्च बटन पर क्लिक करें तदोपरात सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कॉलम में संबंधित छात्रों के सेलेक्ट बटन पर क्लिक करें इसके बाद एजुकेशन टाइप यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूश फेस का चयन करें वह सर्च बटन पर क्लिक करें प्रदर्शित छात्रों में से ऐसे छात्र का चयन करें जिन्हें आप डिवाइस वितरण करना चाहते हैं चयन करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें चयनित छात्रों को अचयनित नहीं किया जा सकेगा अतः छात्रों का चयन ध्यानपूर्वक करें डिवाइस वितरण कार्यक्रम निर्धारित करें उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ट्रांजेक्शन मेनू पर क्लिक करें एवं तदोपरांत शेड्यूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम सबमेनू पर क्लिक करें प्रदर्शित हो रहे ट्रस्ट पर शेड्यूल प्रोग्राम बटन पर क्लिक करें तत्पश्चात एजुकेशन टाइप बोर्ड का चयन करें सर्च बटन पर क्लिक करें संस्थान व विवरण पृष्ठ पर प्रदर्शित होगा ऐसे संस्थानों का चयन करें जिन्हें आप डिवाइस भेजना चाहते हैं एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें तदोपरांत संबंधित संस्थानों को उनके लॉगिन इन एम एस ईमेल के माध्यम से सूचित हो जाएगा चरण थर्ड स्टेप थर्ड क्या है संस्थानों को डिवाइस भेजें उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ट्रांजैक्शन मेनू पर क्लिक करें एवं तदोपरांत सेंड डिवाइस टू इंस्टीट्यूशन सब मेनू पर क्लिक करें प्रदर्शित हो रहे प्रश्न पर सेंड डिवाइस बटन पर क्लिक करें इसके बाद संबंधित एजुकेशन टाइप व यू का चयन करें तथा सर्च बटन पर क्लिक करें तत्पश्चात यू बी संस्थानों द्वारा मैप स्टूडेंट डिवाइस विवरण प्रदर्शित होगा यदि आपने संस्थान को डिवाइस डिस्पैच कर दी है तो एक्शन कॉलम में यस विकल्प का चयन करें अपडेट बटन पर क्लिक करें संस्थान लॉगिन, चरण नंबर फर्स्ट डिवाइस प्राप्त करने के प्रति अपलोड करें जिला प्रशासन संस्थानों को डिवाइस भेजने के पश्चात संस्थानों को डिवाइस प्राप्त कर उसकी स्थिति अद्यत करनी होगी जिसके लिए उपयोगकर्ता ट्रांजेक्शन मेनू पर तदोपरांत अपलोड रिसीप्ट ऑफ डिवाइस रिसीविंग सब मेनू पर क्लिक करना होगा तत्पश्चात प्राप्त डिवाइसों की कुल संख्या भरें एवं सबमिट बटन पर क्लिक करें स्टेप सेकंड डिवाइस प्राप्त करने के पश्चात छात्रों की स्लिप जनरेट करें उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ट्रांजेक्शन मेनू पर तदोपरांत जनरेशन ऑफ स्टूडेंट स्लिप आफ्टर रिसीविंग ऑफ डिवाइस सब मेनू पर क्लिक करें तथा कंसाइनमेंट सप्लाई आईडी डी वाइज क्यू कोड जनरेट करें स्लिप जनरेट के पश्चात डिजी शक्ति पर मोबाइल ऐप के माध्यम से डिवाइस को छात्रों के एनरोलमेंट नंबर मैप करें स्टेप नंबर थ्री छात्रों को वितरित डिवाइस का विवरण अपलोड करें उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ट्रांजैक्शन मेनू पर एवं तदोपरांत रिसीविंग ऑफ डिवाइस टू स्टूडेंट सब मेनू पर क्लिक करें तत्पश्चात संबंधित बटन पर क्लिक कर छात्रों द्वारा डिवाइस की प्राप्ति की प्रति अपलोड करें वितरण कार्यक्रम की फोटो व वीडियो भी अपलोड करें डिवाइस की प्राप्ति की प्रति अपलोड करने से पूर्व उसका प्रारूप डाउनलोड कर लें वह छात्रों द्वारा हस्ताक्षरित प्रति भी अपलोड करें साथ ही अपलोड डिवाइस रिसीविंग स्टेटस बटन पर क्लिक कर ऐसे छात्रों के चेक बॉक्स का चयन करें जिन्हें डिवाइस प्राप्त हो चुकी है तथा स्थिति को अध्यित करें इस तरीके से मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्रक्रिया संस्थानों को किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया हुआ है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि सभी को इसकी जानकारी हो सके कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया किस तरीके से करना है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें Thanks for watch my video